जी मेरे कर्मों की पोती ना खोलना गुरु जी मेरे कर मोती पोती खोलना न्याय तेरा राजू में ना बोलना गुरु जी मेरे कर्मों की पोती ना खोलना दरिया तू सब समझे तू सब समझे खोल मजबूर चरणों में तेरे आने पड़ा, में तेरे करना हिसाब तू कर्मों का मेरे करना कर्मों का मेरे साहिल को ऐसे टटोलना साहिल को तो गुरु जी मेरे कर्मों की एक भरोसा तुझ में अटल है एक भरोसा तुझ में अटल है ओपी निर्बल का एक तो बल मेरे कर्मों की पोती ना खोलना न्याय तो राजू में ना बोलना गुरु जी मेरे कर्मों की पोती ना मुखी